तो हेलो गाय कैसे से आप सभी लोग गए आप सब अच्छे होंगे तो हम देख के चुके हैं दोबारे से ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो और इस गेम प्ले में हम बताने वाले हैं आपको एक मॉन्स्टर स्नैक कैसे ढूंढा जाता है वार्म्स जोन गेम के अंदर अच्छा ये सात मिनट वाला गेम है गाई जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एक मोस्टर स्नैक ढूँढे ताकि एक अच्छा मज़ा फील आ, फील आ सके ना मतलब गेम के अंदर वैसे ही तो मैं बताऊँ आज आपको तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना बाकी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब तो कर दिया करो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए गए, सब्सक्राइब के लिए तो। बात तो सही है। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है मर्जी से बाकी देखो अभी तो पहली बात तो है मतलब पहला हिंट तो है की आप बॉर्डर लाइन होती है ना जो वॉर्समजोन गेम गेम के अंदर इस गेम के अंदर जो बॉर्डर लाइन होती है इसकी तो इसके आसपास आप ढूंढा करो इसके पूरे मैप के आसपास ताकि आपको आसपास पास क्या है ज़्यादा चांस रहते हैं मतलब एक मोस्ट्रेस नहीं मिलने का तो ज़्यादातर तो इसी के पास ढूंढा करो बाकि और भी हिंट हैं तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना अगर आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो आपको एक अच्छा फील नहीं मिल पाएगा मॉस टेचने मारने का क्योंकि मैंने तो बहुत सारे मार रखे गाय से आपने मेरे गेम प्ले देखे भी होंगे तो मेरे को तो बस आपको बताना है कि कैसे ढूँढे ठीक है ना तो अभी देखो मैंने एक जो क्या नाम है क्या बोलते यार उसे मेरे को पता नहीं उसका नाम क्या है लेकिन उसको क्या है उससे पता चल जाता है कि आपने आस कितने सारे स्नैक हैं तो गायस ये देखो पहले हिंट में ही मॉस्टेशनिक मिल चुका है यार आपके भाई की क्या तारीफ करोगे आप क्या बात है सर क्या बात है सर बताओ तो ये देखो हमारा एक मोस्टेशनिक अब इस साला मिल गया लेकिन ये तो मर भी गया अरे भाई आपकी भाई की किस्मत इतनी तगड़ी है मतलब अभी तो एक है कि हिंट मैंने ऐसा दिया है जिसमें मॉडिक मिलने का की बॉर्डर लाइन के आस ढूंढो और दो दो मिल चुकी है भाई हकर हकर हकर एक नहीं दो दो मिल चुके तो इसको तो देखो हम कैसे मारते स्लो मोशन में तो कैसा लगा आपको इसका जो हमने इसको एकदम भगा के थोड़ा बहुत सता के जैसा भी आप समझो वैसे करके मारा इसे तो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना बाकी बढ़ते वीडियो में आगे और गए स्ट्रेस ने एक तो हमने मार दिया हालांकि हम दो मारते अगर उसे कोई और नहीं मारता इससे पहले वाले को तो हम दो स्नैक मारते लेकिन किस्मत थोड़ी ख़राब थी तो आप पहला तो बॉडर लाइन के आसपास ढूंढ सकते हो या फिर अभी आप मेरी पोजिशन देख सकते हो मैप के अंदर ग्रीन रोड जा रहा है वो मैं ही हूँ मतलब मेरा स्नैक है वो तो आप बीच में ज़्यादा कर ढूँढा करो मतलब बीच वाले एरिए में या तो बीच वाले एरिए में मिलते स्नैक या फिर बॉडर लाइन के आसपास 100% आपको गैस मिलेगा मोस्ट स्नैक अगर आप मेरे दोनों जो मैंने बताइए दो बातें जिसमें से एक तो है कि बॉर्डर लाइन के आसपास ये दो हिंट बताए ना मैंने इन पर अगर आप काम करोगे और इनके तरीके से चलोगे तो ज़रूर से आपको एक मोस्ट स्नै या फिर दो या फिर तीन मिल सकते हैं कितने भी मिल सकते हैं वैसे तीन से ज़्यादा तो इसमें इम्पॉसिबल जैसा ही कि मिल जाए लेकिन फिर भी तीन भी बहुत होते गैस मैंने एक ही गेम प्ले में दो दो मोस्ट स्नैक मार रखे हैं अगर आपने मेरा गेम प्ले वीडियो नहीं देखा हो तो देखा करो गायज उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी गाइज ये वाला जो स्नै है ना जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा होगा और यहाँ किसको मार रहा है वे तो ये ब्लैक वाला स्नैक आपको दिख रहा होगा तो ऐसा स्नैक मैं भी खोलना चाहता हूँ यार लेकिन क्या होता है कि इसमें पैंसठ क्या ऐसा है जहाँ लेवल मांग रहा है तो पैंसठ तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा अभी तो अपने 40 होने में भी एक लेवल कम है तो पैंसठ कैसे कर लेंगे एकदम से तो उसका कोई जुगाड़ उगाड़ हो तो बताओ कमेंट में बाकी अपने पास स्नैकों की कमी नहीं है अपने पास बहुत सारे स्नैक इसके अलावा भी लेकिन वो नहीं है इसी का ही थोड़ा दुख है बाक़ी अपने पास स्नैकों की को कोई कमी नहीं है और गैस देखते देखते अपना मिशन भी कम्प्लीट होने वाला है टास्क जो आ रखा है वो इसको भी कम्प्लीट करते हैं ताकि हमें इसमें से 200 सौ मिल सके वैसे इसमें 100 कोइन मिलते हैं लेकिन अगर आप इसको वीडियो देखोगे ना मतलब वहाँ पर वीडियो का ऑप्शन आता है देखने का एड देखने का तो एड देखोगे तो वहाँ पर 100 कोइंस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे यानी कुल मिला 200 टू तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास सत्ताईस हजार है, है कम नहीं है मेरे पास तीस थे पहले जिसमें से मैंने तीन स्नेक तो अनलॉक कर ही दिए थे आपके सामने शायद तीन ही दो किए थे और टास्क कंप्लीट हो चुका है और उनमें से उनको अपग्रेड भी किया था गैस तो टाइम लगता है वैसे भी मतलब कोइंस लगते हैं टाइम के तो सही है इतने जल्दी मैंने वापस से सत्ताईस हज़ार कर चुका हूँ और जल्दी मैं तीस हज़ार कॉइंस भी कर दूंगा बाकी ये साले इतना थे क्यों इतने और ये ग्रीन वाला साला कहाँ मिलेगा गैस अब के भी जो मिशन आएगा ना अब यार ये क्या हो जाता है बार बार में यार मैं मरना नहीं चाहता लेकिन मर जाता हूँ गलती से तो अब की बार भी जो मिशन आएगा ना उसको 100 परसेंट हम कंप्लीट करेंगे और इसने खोलेंगे आ, कम से कम एक ढंग का स्नक आ जाए उसमें अपडेट अप्डे, में तो मज़ा आ जाएगा बाकी आप देख सकते हो मेरे ये लेवल्स कितने कर रखे मैंने उस वीडियो को पॉज करके देख लो रोक के देख लो बाकी ये स्नैक में हम की, की ट्राई करेंगे ज़रूर से खोलेंगे उससे भी बाकी देख सकते हो आप हमारा एंट्रो वीडियो है ये मतलब अपनी जो एंट्रो है ना उसका वीडियो ठीक है बाकी आपको गेम प्ले कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब करना जरूरी है भाई ने बोला करने का तो करने का प्लीज सब सपर्क कर सारा खबर सपरा कर सारा खबर बाकी मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर लव यू ऑल